बहुत हसीन हो छोड़ो ना तुम्हारी आखे बहुत खूबसूरत है छोड़ो ना तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं अजी छोड़ो ना तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली है भगवान अब छोड़ भी दो अरे भाग्यवान इतनी लंबी लंबी छोड़ तो रहा और कितनी छोड़ू